फ्रेंड कोई भी आधार कार्ड नकली है असली है फेक है आप कैसे पता कर सकते हैं फ्रेंड आधार कार्ड आपका बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड बैंक अकाउंट पैन कार्ड पासपोर्ट सभी के साथ लिंक्ड होता है तो फ्रेंड इसके साथ फर्जी वाला भी बहुत होता है तो फ्रेंड इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जो कि बिल्कुल सिक्योर है आप प्ले स्टोर में जाएँगे या आधार क्यू स्कैनर लिखेंगे फ्रेंड इस ऐप की हेल्प से आप ये जान पाएंगे कि कोई भी आधार कार्ड आपका फेक है या असली है ये हम जान पाएंगे इसको आप इंस्टॉल करेंगे बारह एम की ऐप है ओपन करेंगे यहाँ फ्रेंड स्कैन का ऑप्शन आ रहा है आप स्कैन पे क्लिक करेंगे ये परमिशन अलाउ करेंगे फ्रेंड कोई भी आधार कार्ड में आप देखते हैं पीछे की तरफ क्यूआर कोड होता है उसको आप स्कैन करेंगे अगर जहां आप स्कैन कर रहे हैं वहां अंधेरा है तो आप ये टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं स्कैन करने के बाद फ्रेंड ये इस तरह से सो कर देगा आधार डेटा वेरीफाई तो यहाँ से आप जान पाएंगे कि आधार कार्ड फर्जी है या रियल है फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए क्वेरी को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू